हेलो वीवर्स वेलकम टू बियास होममेड डिशेस आज मैंने मसाला पराठा बनाया है और आलू की सब्जी भी बनाई है देखिए मैंने कैसा बनाया है और ये बहुत मज़ेदार लगता है और झटपट से बन जाता है नाश्ते में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है चलिए मैं बताती हूँ ये कैसे बनाया है एंड तक मेरे साथ बने रहिए हम मसाला रोटी के लिए मैंने आधा के आटा लिया है गेहूँ का आटा उसमें मैं नमक डाल लूँगी हाफ टी स्पून जितना देखिए मैं इतना नमक डाल रही हूँ और हाफ टीस्पून जितना मिर्च डाल रही हूँ मैं हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है एक बड़ा चम्मच टीस्पून जितना मैंने ज़ीरा डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी टू टीस्पून जितना मैं इसमें ऑयल डालूँगी इससे हमारी रोटियाँ बहुत मुलायम बनेंगी इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये ऑयल जो हमने मसाले डाले थे सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालते हुए इसमें हम गूंद लेंगे देखिए मैंने अच्छे से आटे को गूंद लिया है जितना हम पराठे के लिए बनाते हैं उतना ही हमें गूंदना है ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बुनना है बस इसे मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ूँगी हम मसाला रोटी के साथ ये आलू की सब्जी बनाते हैं जो बहुत टेस्टी होती है और झटपट से बन जाती है मैंने पाँच मीडियम साइज़ के आलू लिए थे इन्हें बारीक बारीक ऐसे स्लाइस कर लिए और एक बड़े साइज का प्याज लिया था इन दोनों को मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी टू टेबल जितना मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक हाफ टीस्पून जितना नमक डालूंगी और ये सब्जी बहुत झटपट से बन जाती है मैंने मसाला पराठा बनाने के लिए आटे को भिगो लिया है उसका तैयार कर लिया है अभी आलू भी हमारे तब तक अच्छे से जल्द से रेडी हो जाएंगे ब्रेकफास्ट में ये बहुत अच्छा लगता है और झटपट से ये रेसिपी बन जाती है देखिए हमें कुछ प्याज को भूनना वगैरह कुछ नहीं है बिल्कुल एक साथ हमने इसे डाल दिया और इसके अच्छे से मिक्स करेंगे और लीड को बंद कर देंगे फ्लेम को लो ही रखना है हमें और पानी कुछ भी नहीं डालना है देखिए मैं ऐसे ही इसे ढककर पकाऊंगी देखिए हम इसे चेक कर लेंगे एक बार देखिए अच्छे से हो रहे हैं एक बार अच्छे से चम्मच को हम चलाएंगे ताकि नीचे ना चिपके। हमारा पैन है तो नीचे ये नहीं छिपकेंगे अगर आप कढ़ाई वगैरह ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है और इसमें थोड़ा सा अदरक लहसन का पेस्ट भी डालूंगी मैं बिल्कुल जितना थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर लिया है फिर से मैं इसे ढाँक लूंगी। लो फ्लेम पर ही रखा है मैंने मैं लेड को ओपन कर चेक कर लूँगी देखिए हमारे आलू अच्छे से हो चुके हैं तीन मिनट हो चुके हैं आलू को मैंने रखकर लो फ्लेम पर ही रखा था देखिए अब इसमें मैं मसाले डालूंगी धनिया पाउडर एक वन टी जितना डालूंगी मैं और चाट मसाला चाट मसाला डाल दिया है जीरा पाउडर धनिया पाउडर और चाट मसाला हमें ये सारे मसाले लास्ट में डालने हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी अच्छे से मिक्स कर दूंगी बस ये बहुत मज़ेदार बनता है और झटपट से हमारा नाश्ता तैयार हो जाता है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें मैं इसके सारे इन्ग्रीडियट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप चेक कर लीजिए हमारे अच्छे से आलू बनकर रेडी हो चुके हैं मैं पराठा बना लूँगी अब इसे थोड़ा सा भून मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी देखिए हमारे आलू कितने अच्छे से गल चुके हैं आप इसे ऐसे मैश भी कर सकते हैं मैंने इसे मैश नहीं किया है ऐसे भी वो बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे इस तरह आप मैश भी कर सकते हैं बस मैं आप फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ देखिए मैंने आटे को अच्छे से मिक्स करके इतने साइज की छोटी सी लोइयाँ बना ली है जितने आप बनाना चाहते हैं बड़ी छोटी आप बना सकते हैं इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी आप अंदर ऑयल लगा भी सकते हैं आपकी आपके टेस्ट पर जाता है आप चाहे तो ऑयल लगा सकते हैं या वैसे भी आप बना सकते हैं मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाऊंगी ऐसे फिर मोड़ मैं आटे में थो, थोड़ा सा लगाकर अच्छे से बेल लूँगी आप प्राउंड भी बना सकते हैं ये ट्राइंगल का भी बना सकते हैं मैं इसे राउंड बनाऊंगी ऐसे हमें कोनों से बेलना है तो पराठा हमारा राउंड हो जाएगा और अच्छे से फूलेगा भी हमारा पैन अब गर्म हो चुका है मैं इस पर हमारा पराठा डाल लूंगी। मीडियम बनाया है मैंने ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं देखिए एक साइड ही अच्छे से सीख चुका है मैं पलटा लूंगी और पलटा कर इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी इसे हमें अच्छे से दोनों साइड ऑयल लगाना है ऑयल बटर घी आप कुछ भी लगा सकते हैं मैं ऑयल लगा रही हूँ देखिए हमारा पराठा दोनों साइड अच्छे से सीख चुका है अब हम इसमें आलू लगाएंगे बीच में फ कर देंगे बस एक साइड अच्छे से इसे आलू को स्प्रेड कर लेना है ऐसे डालकर बच्चे ये बहुत पसंद करते हैं बच्चों को ऐसा पराठा बहुत पसंद आता है वरना आप अलग कटोरी में भी सब्जी दे सकते हैं क्योंकि इस टाइप का पराठा बच्चों को बहुत पसंद आता है एक साइड अच्छे से हो चुका है मैं इस पर थोड़ा सा हेचअप डाल लूँगी ऐसे मैंने फ्लेम को लो ही रखा है देखिए अब पलटा रही हूँ हमारा पराठा अच्छे से रेडी हो चुका है और ये बहुत मज़ेदार लगता है देखिए हमारा मसाला पराठा बनकर रेडी हो चुका है और बहुत मज़ेदार लग रहा है और झटपट से ये रेसिपी बन जाती है आप भी घर पर इसे बनाइए और मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक फॉर वॉचिंग